शाम की भीनी भीनी याद में तुम मक्खन जैसे आते हो और चाय की मिठास में शक्कर जैसे घुल जाते हो